आज हम आपके लिए एक विशेष औषधीय पौधा लाए हैं जो कि एक पेरिनियल हर्ब है जिसको सितिवार भुरुंडी व मुरग केस के नाम से भी हम जानते हैं यह अमेरिनथीसी कुल का प्लांट है जिसका प्रोपेगेशन हम सीड के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं यह पैरिनियल प्लांट है अपने आप हो जाता है और अपने आप इसकी बढ़वार होती रहती है यह एक से डेढ़ मीटर तक ऊंचाई तक जाता है इसको हम गमले या वेस्टलैंड में भी लगा सकते हैं यह प्लांट इसके पत्र इसकी मूल और इसके बीज जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये बीज भी विशेष औषधीय गुण इसके रखते हैं इस प्लांट का पशुओं व मनुष्यों के लिए बहुत उपयोगी है यह कफ पित्त की समस्या को दूर करता है और कफ पित्त से जनित फीवर बुखार जो हो जाता है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है विभिन्न प्रकार के और भी जो डिसडर्स हैं जैसे कि हिमाटूरिया यूरिन में ब्लड का आना एपिस्टिकसिस नाक से खून का आना या हिमोटाइसिस जिसमें कफ में उगते समय उसमें भी ब्लड आ जाता है ऐसी स्थिति में यह कंट्रोल करता है इसके साथ साथ यह फीमेल के हार्मोन को रेगुलेट करता है मिनोरहेजिया की समस्या हो चाहे लिकोरिया की समस्या हो इसके बीज का चूर्ण बनाकर इस्तेमाल करना चाहिए यह विशेष बात यह है कि इसकी जो मूल है उसका जूस बना लें कई बार देखा ये गया है कि भांग के ज़्यादा मात्रा में सेवन करने से उसका नशा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उसको उतारने के लिए इसकी मूल का सूरज पिलाना चाहिए और अगर हम पशुओं की बात करें भारत में दो से छः परसेंट तक नेशनल इकोनॉमी में एनिमल हजबेंड्री का योगदान रहता है लेकिन पोल्ट्री और लाइफ स्टॉक स्पीसीज़ जो हैं उसका सबसे ज़्यादा लॉस वायरल डिसीज से होता है और वायरल डिसीज़ जैसे कि रानीखेत, ब्लू टंग और कई प्रकार की ऐसी वायरल डिसीज़ होती हैं जिनके निवारण के लिए पशुओं को इसको खिलाना चाहिए इजीली वायरल डिसीज़ इसमें क्योर हो जाती हैं यह है इसके साथ साथ इसके जो पत्र होते हैं इसमें एंथोसाइनिन पाया जाता है पाँच से सात वीक तक जो ग्रोथ होती है प्लांट में उस समय इसकी भाजी बनाकर हम लोग सेवन कर सकते हैं आसानी से इसके पत्र के अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर पोटाशियम आयरन फाइटिक एसिड एसिटिक एसिड एस्कोर्बिक एसिड ऑक्जेलिक एसिड और विभिन्न प्रकार के केमिकल कॉन्सुंट्स सिलेस सिलेसोजेंटिन लाइकोसाइड्स और हाई एलोरोनिक एसिड टाइटरपिनोट सेपोनेस पाए जाते हैं आपको पता होना चाहिए इसके सीड के अंदर हाई एलोरिक एसिड भी पाया जाता है जो कि एंटी एजिंग एंटी रिंकल का कार्य भी करता है बहुत सारी कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन भी इसे तैयार की जाती हैं तो ये प्लांट पूर्ण रूप से सेफ़ है इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं कफ पित्त जनित रोगों में और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ इसकी हैं जिसके कारण इसको पशुओं में भी चिकित्सा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है सेफली हम इसको यूज़ कर सकते हैं कल फिर मिलते हैं एक नई प्लांट के साथ तब तक के लिए आपका धन्यवाद